तो आज मैं अपनी जेडक्स टनार लेके निकला था स्पीड टेस्ट करने के लिए तभी मुझे एयरपोर्ट में कुछ दिखता है तो मैं इसे देखने के लिए यूटर्न लेता हूँ ओ भाई साहब ये तो एक लैम्बर नहीं है पर यहाँ पे क्या कर रहा है ये तो पूरा कबाड़ा रखा है तो हम देखते है ना ओके सो ये स्टार्ट तो हो चुकी है लेकिन काफी धीरे चल रहा है एक ही काम कर सकते हैं अपने दोस्त को ट्रोट्रक लेके मंगवाएंगे और इसको लोड करके लेके चलता है तो मैंने उसको कॉल कर दिया और ट्रोट्रक आ चुकी है इसी के ऊपर हम लोग लोड करके जाने वाले और ये रही लैम्बर जेड एक्स को भी यही पे छोड़ देता हूँ बाद में उसको लेके जाऊंगा लोड तो कर लिया मैंने अभी इसको आराम से अपने गेज में लेके चलता है इसको रिपेयरिंग करवा लेंगे क्योंकि मैं एक मैकेनिक और भैंस की ये क्या कर रहा था गाड़ी को बीच में खड़ा कर रखा था भाई अलग ही ना तो मैं रहते एक्सीडेंट तो हो जाएगा फिर बाद में बोलेंगे कि गलती तो बड़े गाड़ी